तो शिवांगी जी आपसे मेरा पहला सवाल है तीन बच्चों से 200 बच्चों तक पहुंचने का जो सफर है उस दौरान आपको क्या क्या मुश्किलें क्या क्या परेशानी क्या क्या सफलता प्राप्त हुई एक तो इवेंट्स हुए कि हमने एक दो तो लोगों से बोला कि आप अपने बच्चे को भेजिए हमारे पास पढ़ने के लिए तो उन्होंने बोला की नहीं हमारा बच्चा तो तीन सौ पर डे कमाता है आप दोगे आपके यहाँ जाने से ने? क्या तीन सौ मिल जाएंगे हमको अंकल थे उन्होंने उससे बोला की बेटा रिक्शा वाले का बच्चा रिक्शा ही वाला बनता है तो भाई लेने से तुम कुछ बदलाव नहीं लेके आओगे और तुमने जो भी शिक्षा ली है या जो भी तुमने किया है वो तुमने अपने माँ बाप के पूरे पैसे बर्बाद कर दिए देखो कहाँ से पढ़ के आई थी क्या कर रही हो यही करना था तो यहीं रह के करती क्यों गई थी हमें तो आपके एनजीओ में 200 से ज्यादा बच्चे है। तो 200 से ज्यादा बच्चों का एनजी ओ मैनेज करना लीडरशिप और चीजों को अरेन्ज करना तो इस सब में आपकी क्या चुनौतियाँ रही हैं? लोग तो कहते हैं कि मेरा एम है मैं 2 लाख बच्चों को पढ़ाऊँ 3 लाख बच्चों को पढ़ाऊ या मैं बहुत ज्यादा कवर करूँ पर मेरा एम मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एम ये है कि हर बच्चे के पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कोरोना के बीच के जो दौर था उस समय आपकी एनजीओ में क्लासेस कैसे हुआ करती थी या क्या समस्या आई उस समय जैसे ही क्लासेस ओपन हुई आप मानेंगे नहीं बच्चे खुद कॉल करते थे कि हमारी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। पेरेंट्स पूछ के जाते थे यहाँ पे आपके एनजीओ का जो नाम है उसके पीछे क्या आइडिया रहा कोई भी एनजीओ चलाने के लिए कोई भी संस्थान चलाने के लिए फंडिंग और डोनेशन बहुत जरूरी होता है आपने बताया की आपके एनजीओ को रजिस्ट्रेशन प्राप्त है तो कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपके एनजी मिले हुए है और इस रजिस्ट्रेशन का क्या-क्या होता है ए, एक NGO को और एनजीओ से जुड़ने वाले लोगों को भी होते हैं कि अगर कोई भी जो, तो उसको आपको इंटर्न करनी है किसी एनजीओ से तो आपको तो NGO है, उसके साथ साथ तो कैसे क्या इंटर्न कर सकते हैं लगातार मोटिवेट रहने के लिए क्या वो स्ट्रेटेजी है क्या वो चीज है जो आपको अभी तक मोटिवेट कर रही है और आगे भी कर रखी है बहुत छोटा तो, no तो आप बिल्कुल उसे डाँटिए पिछले चार वर्षो ऐसी आपके एन जी ओ जो चल रहा है लगातार उसमें आप सबसे बड़ा रिवॉर्ड सबसे बड़ी सफलता क्या मानते हैं सबसे अच्छा रिवॉर्ड यही है की 200 बच्चे सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए। आपकी टीम की और आपकी क्या प्लानिंग है आगे आने वाले समय में क्योंकि आपने जैसा मुझे शुरुआत में बताया कि आपका कभी भी सिलेक्शन हो सकता है और कभी भी आपकी शादी हो सकती है जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं तो क्या एक प्लानिंग रखी है इस एनजीओ को कंटिन्यू रखने के लिए